Atiha, atiha, atiha. From the head to the feet, throughout the body, netra, netra, o chitra, netra. नासिकायां क्षे कर्णभूमे शरीर नासीकायासी का उत्तरस्ते चानेला महामाया महामाया सर्व मंगला सर्व मंगला चूटम्पे द्वाचमे शर्वंगला क्रीवायाद्रका खगने रक्षे वज्रधारणी बाहू में वज्रधारिणे हस्त दंड निशे हस्तो दंड निरक्षे निकाचारुशा क्षेत्र